संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को जेल भेजने पर युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने आपत्ति जताते हुए कहा कि क्या यह गांधी का देश नहीं बचा अब गोड़से वादियों के राज में अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहे कोरोना योद्धाओं को भी जेल भेजा जा रहा है कितने शर्म की बात है भूरिया ने कहा मैं संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ खड़ा हूं जागो आज इनके साथ ना इंसाफी हो रही है ये कल आपके साथ भी हो सकता है युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के जेल भेजने पर इसका विरोध किया है भूरिया ने एक वीडियो ट्वीट किया और कहा की ये चौकाने वाली बात है की जिस देश में हम रहते हैं वह महात्मा गांधी का देश है और अगर कोई अहिंसा से अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहता है तो उसे पूरी स्वतंत्रता के साथ अपनी बात रखने का अधिकार है लेकिन जब अपनी बात रखने के लिए और दो सूत्री मांग रखने के लिए संविदा स्वास्थ्य कर्मी काफी दिनों से हड़ताल पर थे उसके बाद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही और जब उन्होंने अपनी मांग प्रभु चौधरी के सामने रखी तो उनमें इतनी भी तमीज और संयम नहीं था कि वे उनकी बात सुन सके और इसके लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों को रस्सी बांधकर थाने ले जाया गया और फिर जेल भेज दिया गया यह एक बहुत शर्मनाक बात है क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया और आज उन्हीं कोरोना योद्धाओं को जेल भेजा जा रहा है हमारे बहुत सारे संविदा स्वास्थ्यकर्मी भाइयों को आज गिरफ्तार करकर जेल भेजा गया है ये चौंकाने वाली खबर है कि जिस देश में हम रहते हैं वो महात्मा गांधी जी का देश है और अगर कोई अहिंसा से अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहता है अपना आवाज उठाना चाहता है तो उसको पूरी स्वतंत्रता है कि उसको अपनी बात रखने का मौका मिलता है पर आज जब इतने लंबे समय से अपनी बात रखने के लिए और दो सूत्री मांगों को मनवाने के लिए संविदा स्वास्थ्य कर्मी काफ़ी दिनों से हड़ताल पर हैं उसके बाद भी सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी और आप जब प्रभुर चौधरी जी के सामने रखी तो उनमें इतनी भी तमीज़ नहीं थी या संयम नहीं था कि उनकी बात वो सुन सकें और उन सबको रस्सी बांध थाने लाया गया उसके बाद जेल भेज दिया गया ये एक बहुत शर्मनाक बात है क्योंकि ये वही लोग हैं जो कोरोना के समय ज़बरदस्त अपनी जान पर खेलकर लोगों की जानें बचाई हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करा है और आज उन्हीं कोरोना योद्धाओं को जेल भेजा जा रहा है आज निश्चित तौर पर ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा और मैं अपने सभी स्वास्थ्यकर्मी संविदा स्वास्थ्यकर्मी भाइयों बहनों को ये बोलना चाहूँगा कि आप अकेले नहीं हैं हम सब आपके साथ हैं